बढ़िया जाएगा क्या नाम है आपका श्यामंदन एग्जाम देने आए हैं दिलवाने आए हैं क्या लगता है एग्जाम कैसा लोगों को जाएगा सही जोशो जुनून के साथ एकदम बच्चन तैयार है एग्जाम देने के लिए देखिए जोशो जुनून के साथ बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार अब की बात साढ़े चार सौ आए हैं और टॉपर में आने के लिए दावा कर रहे आज मैथ का पेपर है स्वागत नमस्कार जय हिंद मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो गया का गया कॉलेज है देख सकते हैं सबसे बड़ा कॉलेज कहा जाता है यहाँ पे बताया जाता है कि चोरी बहुत कम होती है बच्चे खुद समझदार हैं बच्चे यहाँ पे भी लगा चुके हैं देख सकते हैं बच्चों में किस तरीके का जोश है और बच्चे आज बहुत खुश हैं आज आज जो है आज, आज आपकी बात साढ़े चार सौ पार आपकी बात साढ़े चार सौ पार देखिए कैसा लक्ष्य बना कर आए है और टॉपर में आने के लिए दावा कर रहे हैं आज मैथ का पेपर है और दूसरी पाली में भी मैथ की एग्जाम हो क्योंकि टेन में दोनों पाली में सेम एग्जाम होती है आज से एग्जाम शुरू हो चुकी है ट्वेल्थ वाला है पेपर खत्म हो चुका है और टेन की एग्जाम शुरू हो चुकी है आज पहला दिन है पहले ब, ए, पहले बैच के बच्चे एग्जाम वहां दे रहे हैं वो बाहर निकलेंगे मैं उनसे ही बात करूंगा यहां का प्रशासन हमें नहीं दिख रहा है मैं बच्चों से बात करूंगा अभिभावक से बात करूंगा लेकिन प्रशासन हमें नहीं दिख रहा है मैं प्रशासन से कैसे बात करूँ क्योंकि पूरा जाम लग चुका है देख सकते हैं पूरा रोड जाम है दो से तीन किलोमीटर तक रोड जाम है और ये जाम छूटनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉलेज है यहाँ पे बच्चों के आने में परेशानी होती है मैं कुछ लोगों से बात करूंगा आइए मैं बात करके आपको बताता हूँ क्या नाम है आपका मोहित कुमार कैसा जाएगा आज का पेपर दम बढ़िया जाएगा दम बढ़िया जाएगा देखिए पूरा बढ़िया जाएगा क्या नाम है आपका श्यामंदन कुमार एग्जाम देने आए हैं दिलवाने आए हैं क्या लगता है एग्जाम कैसे लोगो को जाएगा सही जोशो जुनून के साथ एकदम बच्चन तैयार एग्जाम देने के लिए देखिये जोशो जुनून के साथ बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार है क्या नाम है आपका सौरभ कुमार सौरभ कुमार और खुद तैयारी करके दे रहा है इसलिए कि नीतीश कुमार टीचर को दारू पकड़ने के लिए भेज दिया है तो बच्चे ने अपने यहाँ पे नीतीश कुमार नीतीश कुमार टीचर को दारू पकड़ने के लिए भेज दिया इसलिए बच्चे ने खुद प्रिपरेशन खुद मेहनत करके एग्जाम दे रहे मोबाइल के द्वारा दिया गया है देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे हैं क्या नाम है अभय कुमार अभय कुमार कैसा प्रिपरेशन है आज का ठीक ही हुआ मैथ में क्या क्या पढ़े हैं अभी तक तो पोलोनोमियल पढ़ चुके हैं पोलोनोमियल पढ़ चुके हैं अभी और पढ़ना बाकी है बाकी है अभी बाकी है अभी और पढ़ना अभी पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हुआ है आपको कैसा लगता है नहीं पढ़े है अभी तक अभी तक नहीं पढ़े है लेकिन विश्वास है की एग्जाम में कुछ लोग मौजूद है आइए मैं लोगों से बात करता हूं, आइए मैं लोगों से बात करता हूं और लोगों के पूरा रिव्यू आपको दिखाने को आइए थोड़ा सा अंदर आइए मैं कैमरा मैन ऐसी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अंदर आए और लोगों को इसके बारे में बताएं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पे खुश है क्या नाम है आपका अशोक कुमार एग्जाम दिलाने आए हैं बच्चा ऑनलाइन पढ़ा है ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाए ऑनलाइन पढ़ा क्या लगता है एग्जाम कैसा जाएगा एग्जाम बढ़िया जाएगा फिर भी बंद ट्यूशन बंद रहने का यहाँ पे गेट भी खुल चुकी है और यहाँ पे बच्चे घुसने लग गए हैं और बस बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चे घुस रहे हैं और यहाँ पे एग्जाम देकर निकलेंगे बहुत अच्छा और क्या बताए इनका नाम बहुत अच्छा नीतीश कुमार बहुत अच्छा बहुत अच्छा नीतीश कुमार नाम है इनका देखिए इस तरीके से जोशो जुनून ने यहाँ पे एग्जाम शुरू हो चुके हैं लेकिन मैं यहाँ पे और चाहूंगा कि व्यवस्था और होनी चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से जाम लग चुकी है रोड और ये जाम यहाँ से हटना चाहिए क्यूँकी जाम जब तक नहीं हटेगा यहाँ पे बच्चों को भी परेशानी होते रहेगी और भी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा क्या नाम है आपका दीपा कुमार आप एग्जाम दिलवाने आए देने आए हैं क्या लग रहा है आपको कैसा जाएगा पेपर आज का अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आपने ऑफलाइन पढ़ा है ऑनलाइन पढ़ा है ऑनलाइन पढ़ा है ऑनलाइन पढ़ा है लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम हुई है आपको पढ़ने में बहुत हुई है बहुत हुई है देखिए ऑनलाइन में प्रॉब्लम हुई है और एग्जाम हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी एग्जाम का लेवल थोड़ा सा आसान करेगी और भी कुछ लोग मौजूद है बताइए क्या नाम है आपका पिंटू पासवान तो आप एग्जाम दिलवाने आए हैं बच्चा ऑनलाइन पढ़ाएन पढ़ा है अरे बहुत कमजोर बच्चा पढ़ा है ज्यादा इतना पढ़ा नहीं किया देखिए नहीं पढ़ा लेकिन आप विश्वास रखिए बच्चा जरूर पास होगा सरकार भी इस चीज़ को ध्यान दे रही है कि एग्जाम का लेवल उसी हिसाब से सेट किया जाए देखिए किस तरीके का माहौल है अभी बच्चे एग्जाम देकर निकले के? मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा कि कैसा आपका पेपर गया एग्जाम का लेवल डिफिकल्टी था या आसान था या आपको कैसा लगा और इसमें क्या सुधार होना चाहिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं कि हर जगह की खबरों से आपको रूबरू कराता रहूं मैं ट्वेल्थ की भी आपको हर खबर दी थी कैसे एग्जाम लिया जा रहा है देखिए यहां पर नोडल अधिकारी का गाड़ी आ रहा है और ये गाड़ी आते आ, आते के साथ ये गाड़ी आते के साथ जो है पूरा रोड खुल जाएगा देख सकते किस तरीके से किस तरीके से आपको जो है सर प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आज के उसके बारे में देखिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं अधिकारी अब बात नहीं करेंगे कैसे होगा यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है सर यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे पदाधिकारी आते हैं और चले जाते हैं इनको बात करनी चाहिए सर यहाँ पे व्यवस्था नहीं है क्या करना चाहते हैं उसके बारे में क्या चीज यहाँ पे व्यवस्था नहीं है रोड जाम हो चुका है क्या कहना चाहते हैं सर तो यहाँ के स्टाफ से बात आपको यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए आप नोडल पदाधिकारी बिहार पुलिस आप बिहार पुलिस से है तो आपको यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप यहाँ के स्टाफ यहाँ के स्टाफ से कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं जब स्टाफ से बात करेंगे तो पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए बोला जाएगा देखिये किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे एक दूसरे को एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं यदि मैं उनसे बात किया तो वो कह रहे हैं कि वहाँ के स्टाफ से बोलिए मैं स्टाफ से बात करूँगा तो बोलेंगे पुलिस को बोलिए तो यहाँ पे इस तरीके का व्यवस्था व्यवस्था होनी चाहिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए देखिए बच्चों में चलो किस तरीके का हजूम है और बच्चे अच्छा पे है। तो कैसा आ, क्या लग रहा है कितना नंबर आने वाला है करीब अस्सी प्लस देखिए अच्छा मतलब एग्जाम का जो भी है लोग जो भी पढ़ रहे हैं अच्छा बता रहे हैं और भी कुछ लोगों से मैं बात करूंगा और आपको लगातार बताने की मैं कोशिश कर रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से सिक्योरिटी है यहां पे आइए मैं आपको लगातार बताने की कोशिश करता रहता हूं पहली पारी का एग्जाम समाप्त हो चुका है मैथ का एग्जाम हो चुका है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद है मैं उन सबसे बात करना चाहूंगा की कैसा गया आज का पेपर अंदर की व्यवस्था क्या थी उससे संतुष्ट है या नहीं थी किस तरीके की व्यवस्था थी अंदर बहुत अच्छी थी चोरी चल रहा है चोरी, चोरी तो नहीं, नहीं नहीं चल बहुत स्ट्रिक्ट है है बहुत है अंदर आ, और एग्जाम का लेवल डिफिकल्टी कैसा था डिफिकल्टी बहुत हार्ड था।, हार था क्या लगता है कि डिफिकल्टी कम थी ऐसा मतलब पेपर अच्छा आया था पेपर अच्छा आया अच्छा था।, था।, था क्या लग रहा है सबको पास हो जाएंगे आराम से हो जाएगा जोश जुनून बहुत बहुत सही है लोगो में किस तरीके ऐसी लोग सारे खुश है और ये सारे लोग को लग रहा है की हम फर्स्ट डिविजन ऐसी पास होंगे मैथ में अच्छा रिजल्ट लाएंगे क्या नाम है आपका देखिए बताया नहीं चाह रहे हैं ये बच्चे सारे खुश हैं देख सकते हैं किस तरीके से ये बच्चे खुश है और सारे को लग रहा है कि ये मैथ में 100 पास हो जाएंगे क्योंकि सबका एग्जाम अच्छा गया है। जैसा कि सबको यहाँ पे बता रहे हैं मैं लोगों से रिव्यू लेता रहता हूँ क्या नाम है आपका हरिराम राम कैसा गया आपका एग्जाम बहुत अच्छा क्या लग रहा है कितना नंबर आएगा देखिए कितना जोश जुनून है बच्चों में और बच्चे कह रहे हैं कि बच्चे सब पास हो जाएंगे और हमें ऐसा लगता है कि सारे एग्जाम में सारे एग्जाम में ही ऐसा जो है ऐसा जो है सेकेंड सीटिंग की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे देखिए इंटर कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था है मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि गया कॉलेज में बताया जाता है कि सिक्योरिटी बहुत ही तरीके से की जाती है लेकिन देखिए यहाँ से किस तरीके से सिक्योरिटी हो रही है जो कि प्रॉपर हमें लग रहा है कि प्रॉपर एक एक बच्चों को चेक किया जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर लोग चेक कर रहे हैं बच्चे घुसने के लिए बतावे लेकिन एक एक करके बच्चों को घुसाया जा रहा है पूरी पीछे तरीके से भीड़ लग चुकी है हमें लगता है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है और स्टाफ होनी चाहिए देख सकते हैं यहाँ पे लोग घुसा रहे हैं यहाँ के चेकिंग व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहते हैं चेकिंग तो अब बहुत अच्छी तरह से चेकिंग हो रहा है एक एक करके घुसाया जा रहा है एक एक करके घुसाया जा रहा है आपको नहीं लगता कि यहाँ पे और स्टाफ होनी चाहिए हाँ स्टाफ तो होनी चाहिए हालाँकि काम भर ठीक है देखिए स्टाफ होनी चाहिए लेकिन ठीक है बोल रहे हैं और एक एक करके कर कर लोगों को घुसाया जा रहा है बच्चे देखिए उत्सुक हैं एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि सेकेंड सिटिंग का परीक्षा अब एक पैंतालीस से शुरू होगा देखिए यहाँ से किस तरीके से बच्चे यहाँ पे पूरी तरीके से मैं बोलूँगा कैमरा को दिखाएँ कैसे यहाँ पर भीड़ लग चुकी है और कैसे जाएगा आज का पेपर आज का पेपर अच्छा ही जाएगा अच्छा जाएगा देखिए मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि आज का पेपर सबको अच्छा जाए देखिए और क्या करना चाहते हैं कैसा प्रिपरेशन है अच्छा है सर अच्छा है प्रिपरेशन इन इन सब लोग का और भी कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये एग्जाम की घड़ी है और अब लगभग समाप्त होने वाली है क्योंकि अब मुश्किल से 45 मिनट के अंदर ही इनके सामने पेपर होगा और उनका हल करना होगा इन्हें देखिए क्या नाम है आपका विकास कहाँ से आए हैं कैसा प्रिपरेशन है आपका बहुत अच्छा क्या लगता है कितना नंबर आ गया मतलब अच्छा आएगा देखिए अभी बताने के लिए नहीं है क्योंकि अभी पेपर इन्होंने देखा ही नहीं तो क्या बता पाएंगे लेकिन मैंने ऐसे ही पूछ दिया कि कैसा इनका पेपर आएगा confidence और क्या कॉन्फिडेंस इनका सही है देखिए इन, इन लोगों कैसा जाएगा पेपर बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा इस तरीके का जोश में होना चाहिए और इस तरीके का जोश होती है तो जरूर जो है सो सफलता मिलेगी मैं देखिए चेकिंग व्यवस्था यहाँ पे ठीक की गई है एक एक बच्चों को चेक किया जा रहा है अधिकारी से भी मैंने बात करी उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्टाफ की और ज़रूरत है लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर ले रहा हूँ देखिए और भी पीछे से लोग सारी तरीके से जो हैं वो लोग मौजूद हैं देखिए चेकिंग हो रही है और लगातार चेकिंग हो रही है देखिए अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है और अलाउंस भी अंदर की जा रही है <गेगा>। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे किसी तरीके के चेकिंग नहीं थी मैंने अधिकारी से भी बात करी थी तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे जाम की समस्या का निदान हो चुका है देखिए यहाँ पे जाम अब छूट चुकी है पहले इतना जाम था जिस समय मैं आया था मैं लोगों से बात किए थी और सरक... और अधिकारी से भी बात करी थी कि यहाँ पर जाम हटाया जाए और यहाँ पर जब तक पुलिस नहीं लगेगी जाम नहीं हट पाएगी आइए लोगों से पुलिस सर से ही बात करेंगे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे आइए हम बात करते हैं और इनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं सर अभी मैंने यहाँ पे आया था यहाँ पे जाम की समस्या थी आपको आते ही जाम की समस्या निदान हो गई तो ये कब चेकिंग लगाई देखिए बताया नहीं जा रहा है सर यहाँ पे अभी आए थे यहाँ पे जाम की समस्या थी मैंने अधिकारी से बात की अभी आप आए हैं तो जाम यहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर हमेशा चेकिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए नहीं नहीं यहाँ जाम हमेशा थोड़ी लगता है कि चेकिंग होगा यहाँ जाम आज बच्चे आए हैं भीड़ है तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मैं इतना जाम था की इधर से लोग इधर नहीं पार हो पा रहे थे आएक, एक जाते हुए अधिकारी से मैंने बात की थी अरे तो जामर ज्यादा है आएगा तो रोड पे खड़ा है तो हटाए हम लोग साइड उड़ कर उसके बाद जी देखिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पे चार पांच पुलिस बल की संख्या में आकर पूरे जाम को हटाने का प्रयास किया और लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो उसका भी ख्याल रखा धन्यवाद